दोस्तों मैं काजल और आज आप सीखेंगे मेरे साथ कि हम चाहे वो कितनी भी बड़ी सम क्यों ना हो हम उसे सिर्फ सेकंडों में कैसे करेंगे अब जैसे कि मेरे पास ये टेबल दी हुई है इसमें ई e और एफ में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और मुझे अगर इन्हें ऐड करना है तो वन बाय वन ऐड ना करके मुझे मैं क्या करूँगी इसमें एक फॉर्मूला एंटर कर दूंगी जैसे कि मुझे एफ वाली कॉलूम का करना है तो मैं क्या करूँगी Equal, sum bracket start क्ल मुझे लेकर के एफ एलेवन तक एंड रैकेट क्लोज और ये इंटर ये हमारा सम आ गया Thank you